आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे यहाँ तो उठाए से कहे एक साथ आत्मा से भर दे मुझे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 बे जाओ गीत तेरे ऐसा गाओ कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्री आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊ गीत तेरे देगा जहाँ भी मैं जाऊ गीत तेरे देगा भरी मुझे पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे आत्मा से भरी मुझे पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे आत्मा से भरी दे मुझे पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे आत्मा से भरी दे मुझे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 रोशन है चेहरा तेरा तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा तू ही मुन मेरा रोशन है चेहरा तेरा दीदी नहीं जिंदगी सब कुछ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 से भर दे मुझे पवित्री आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्री आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भरी दे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 भरी दे मुझे पवित्री तो आत्मा से भरी दे मुझे देता है तू जिंदगी तुझ में ही है आजादी देता है तू जिंदगी तुझ, तुझ, तुझ में ही है आजादी देता है तू जिंदगी तुझ में जिंदगी कुछ नहीं है आसानी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी सब कुछ तेरे पास है देता है तू है खुशी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाओ वहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे तेरे गाँव जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाँव भी मैं जाऊं गीत तेरे गाँव ऐसा जाए तो दे मुझे आत्मा से तो भर दे मुझे कभी तेरी आत्मा से भर दे मुझे हाँ, आत्मा तो से भर दे मुझे कभी तेरी आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे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 पर चला पर चलो तूरा पर चला मैं उसे पर चलोरा पर चला पर चलो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गाँव जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाँव जहाँ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 दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे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 कुछ में ही है सब कुछ तेरे पास है दीता है तू हर खुशी सब कुछ तेरे पास है दीता है तू हर खुशी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 से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे